स्वागत है आप सबका हमारे न्यू चैनल बकलोली में मैं फिर आ गया आप लोगों को दुख तकलीफ और कष्ट देने के लिए और मजे लेने के लिए फिर से मैं सुनाना चाहूँगा अपना दुख भरा न्यूज़ आप सबके सामने और आज मैं सुनाऊँगा पाँच मिनट में पचास खबरें कंटिन्यूटी के साथ और आप लोगों को भी आएगा आनंद इसलिए देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल बकलोली बिना स्कीप किए हुए दो कुत्तों का हुआ आमने सामने भिड़क है कुत्ते की जा चुकी है पूरी तरह जान और एक कुत्ता पूरी तरह घायल घायल वाले कुत्ते को डॉक्टर ने बताया कि उसके बोलने की शक्ति जा चुकी है और वो भूख नहीं सकता वो केवल पोच हिला सकता है इसलिए एक्सीडेंट से दूर रहे अपने जान को बचाए दूसरे कुत्ते से ना बिड़े क्योंकि कुत्ते होते हैं बुखार छत से कुत्कर युवक ने दी जान क्योंकि एक साल से कर रहा था सोशल मीडिया पर प्रयास फिर भी हो नहीं रहा था वायरल इसकी वजह से उसने एक ही रास्ता चुनाव भी सुसाइड का अब वो हो चुका है वायरल पर जिंदा नहीं है देखने के लिए बारिश के इंतजार में एक व्यक्ति ने खुद के ऊपर मग से पानी छिड़क कर किया बारिश का ऐलान और लोगों में बताया कि बारिश के द्वारा किए गए सारे बारिश हम मधे से नहाकर खुश रहते हैं शहर में मोबाइल चोर पकड़े गए और एक चोर ने खुद बताया कि मुझे चोरी करने की इतनी ज्यादा लत लग, लग चुकी है कि मैंने अपना खुद का मोबाइल पांच बार चुराया और पांच बार चुराने के बाद मैंने खुद ही ढूंढा और खुद ही चुराया और इतने में, में मैंने एक साल गवाया और एक साल के अंदर मैंने छाछ लोगों का फोन चुराया एक व्यक्ति यूपी जिले के मेहरा ग्राम के निवासी था जो पूरी तरह से गांजे के धुएं से हुआ बेहोश क्योंकि उसको बताया जा रहा था मोतियाबिंद के कैंसर था कई सालों से वो पीड़ित था और फिर भी वो गांजे के धुएं से हो सकता था बेहोश लेकिन लोग उसको बातों को समझाने से परे थे क्योंकि वो खुद नहीं समझता था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नशेड़ी था और गाजे के चक्कर में कई बार तो सिगरेट का धुआं भी लेता था मोबाइल चलाते चलाते एक युवक की गई जान जान जाने वाली इतनी खतरनाक थी कि जान जाकर अब किसी और से व्हाट्सएप पे चैटी आ रही है और वो अपने दिल को करेद रहा है और कि उसने सोचा कि क्यों ऐसे जान से हमने प्यार किया कि जो हमें काट के चली गई कि आप भी सतर्क रहें और सावधान रहें क्योंकि जान किसी की नहीं होती सिवाय ऊपर वाले के पानी में नहाते हुए दो युवकों के कांड में घुसा साफ साफ को पता ही नहीं चला की कौन सा बिल असली और कौन सा नकली क्योंकि सावधान था आप भी पानी में नहाने से पहले एक बार ध्यान रखें कि कहीं आपका बिल खुला नहीं नहीं तो साफ अपने दस्तक को देकर बिल में पाउंड मारकर बैठ जाएगा और फिर आपको होगा आ हा आह आर एक वायरल वीडियो में चार लोगों को हुई जेल क्योंकि चारों लोग खेल रहे थे लीडो में लगा कर सट्टा सट्टे में लगा गया पार्ले को किसी और कुत्ते ने छीन कर खाया और उस कुत्ते को ढूंढने के लिए पुलिस फिर भी जारी प्रोग्राम कर रही है और कुत्ते का पता ही नहीं चला है क्योंकि कुत्ता इंसान था या कुत्ता पता ही नहीं चल क्योंकि पार्ले कोई भी खा सकता है इंसान और कुत्ता दोनों भी तो आप लोग समझ लीजिए कि पार्ले कौन खाता है और कौन नहीं खाता है आप इंसान या कुत्ता एक कन्फर्म कुत्ते बताएँ जरूर एक मजनू रात भर फोन पर जानू जानू करता रहा और जानू किसी और के बाहों में बैठकर वहां से आई लोभी बाबू आई लोभी बाबू करके कर कर काटती रहे लेकिन युवक को पता ही नहीं चला जब सुबह उसकी बात फैली तो युवक ने ले ली जान जान के चक्कर में उसने कई लोगों की जान ली और इस जान में उन्होंने सबसे बड़ी जान खुद की ली आमने सामने टकराए दो आपसी गैंग गैंग के चक्कर में एक दूसरे का गैंग कर रहा है पर्दा अंडरवियर फास्ट और एक गैंग ने दूसरे गैंग के बारे में बताया कि रात में मैक्सी पहनकर करते हैं बैली डांस कमाते हैं पैसे उस पैसे से चलाते हैं गैंग बाप ने गुस्से में आकर बेटे को मारा चाटा बेटे ने बदला लेने के लिए अपने दोस्त को चाटा मारते हुए कहा कि बेटा तू मेरा बेटा है तो दोस्त कम तू मेरा बेटा है इसलिए दोस्त से बच करके फिर कोई भी दोस्त आपको बाप बनने की कोशिश कर सकता है और आपको बना सकता है बेटा इसलिए दोस्तों से दूर रहें चारों तरफ वायरल वीडियो ने मचाया धूम धूम वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो सबसे अच्छा आया और आप भी देख सकते हैं जाकर YouTube चैनल या स्ट्रेन का और देखकर बताएं कि कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा और कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूले आप सबके साथ मैं भी बना रहूँगा अगले न्यूज तक बखरूली न्यूज के साथ आज के लिए इतना बस धन्यवाद टाटा बिरला अंबानी बाय बाय दोबारा दिखना मत कमेंट जरूर करिए लाइक ज़रूर करिए हमारे हिसाब से आप कर ही लियो